Press the the bell icon on the YouTube app. And never miss... तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप जियो के पचास रूपए वाले आठ वाउचर को कैसे यूज करेंगे तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं सो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम मानसू आप देख रहे हैं टेक्सॉमीज YouTube चैनल तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको इनमें जब आप माई जो एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको माई वाउचर एक टैब दिखी उस पर क्लिक करना होगा फिर तो उसके बाद आपके जो वाउचर हैं आपको वहां पर शो कर दिए जाएंगे तो वो वाउचर आप अगर आपने तीन सौ निन्यानवे का रिचार्ज पहली बार कराया है तो आपको आठ वाउचर वहां पे मिल जाएंगे जो कि पचास रुपये का एक वाउचर है हम बताएँगे कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए जब भी आ, जैसे कि आपने तीन सौ निन्यानवे रुपये का कर रिचार्ज कराया वो वो प्लान ख़त्म हो गया है फिर उसके बाद आपको जब दोबारा रिचार्ज कराएंगे तो आपको वो जो 50 50 रुपए के आठ वाउचर है मेरे पास हम उसी से करवा लें रिचार्ज तो बिल्कुल ही पॉजिबल पर लेकिन आपको अपने ही फ़ोन से माई जियो एप्लीकेशन से ही उसको रिचार्ज करना पड़ेगा ये आप जियो की डिटेलर से या फिर किसी दूसरे मतलब बैलेंस जो डालते हैं आप उनसे जाकर रिचार्ज इसको कराएँगे तो आप इसका बेनिफिट नहीं यूज़ कर पाएंगे आपको ये अपने फ़ोन से ही माई एप्लीकेशन से ही को यूज़ करना पड़ेगा और तभी आपको ये जो आठ वाउचर है पचास पचास रुपए की तीन सौ उनचास रुपये वाला वाले से पचास रुपए लेस कर देंगे तो उसमें आपको दो दो सौ निन्यानवे रुपये बचेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको दो सौ निन्यानवे रुपये ही आपके बैंक अकाउंट या फिर आप जिससे करते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जिससे आप करते हैं उसी से खाली पचास लेस करके आपके जो बचेंगे उसी वही उतने ही रुपये आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे तो आपको कई वीडियो पसंद आएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले टेक केयर बाय